हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल शुरू के ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी आईडी को की केयर करते हैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो फ्री टाइमिंग के चक्कर में अपनी आईडी डी बैठते हैं तो प्लीज़ गाई इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना एंड तक ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पैमर आपकी इस आईडी को कैसे स्पैम करते हैं ठीक गाइज तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना <laughs> भेजो भेजो मैं देखता हूँ ये क्या था, था क्या गुड बहुत तेज हो रहा है बताओ थोड़ा सा भाई कौन है कौन है भाई एक मिनट से आते हैं ये एक मिनट मैं चेक करता उगजाई ठीक है मैं चेक करके आता हूँ फ्री फ्री डायमंड मिलते हैं फ्री डायमंड ग्रेना की अरे मैं लॉग इन क... कैसे लॉग इन करूँ ये तो बताओ उसपे क्या मतलब आईडी फेस अरे मुझे नहीं पता मैंने भाई भाई कितने डायमंड मिले आपको आगे। अरे आगे भाई अच्छा अच्छा अरे रैम्बो भाई आपने भी ट्राई किया मैं लिंक भाई भाई वाला आपको कितने आपको कितने डायमंड हेलो भाई। आपने ट्राई किया अरे भाई लिंक भेज रही एक बार टीम में लिंक भेज दो ये भी ट्राई करेंगे सारे एक बार भेज दो भेज देखा देख एक बार देख लो उधर आया लिंक देखा चेक अरे अंदर अंदर को गाली लिखना लिखना मत रियल बहुत तेज हो रहा है रहा। मैं देखता मैं देखता मैं क्या लिखा, लिखा कुछ नहीं लिखा भाई हमें तो डायमंड डायमंड डायमंड चाहिए चाहिए भाई हमें तो और क्या आपको डायमंडी अरे वो देखा है यार अरे भाई भाई सोलो यार यार यार उसको बुलाता। उसको बुलाता डायमंड चाहिए गया गया बंदा बंदा है है कर देते हैं <laughs> एक एक वो कहां यार? बंदा कहां गया है मेरे दोस्त जो कह रहा था मिनट अरे ऐस के सभी भाई सोलो जाओ डायमंडलो उ क्या दिखाता उदे उसमें अरे, अरे अरे पटेल भाई सुनो सही खतरनाक अरे पटेल भाई सुनो सही पटेल भाई सुनोगे हेलो पटेल भाई यार यार बहुत ही तकड़ा टूर्नामेंट खेला रहे तो। पटेल भाई सुनो सही ये देखो कितनी जारी अंदर लेंगे देखो पटेल भाई तुम्हारी प्रोफाइल 55 लेवल की है यार तुम्हारी यूआईडी 141336675273 ठीक है और तुम डायमंड वन पे हो हीरोइक में हीरोइक लग चुका है अच्छा गेम खेलते हो पर तुम बहुत बड़े चूतिया हो पटेल भाई तुम बहुत बड़े मादर हो पटेल भाई है तुम तुम बहुत बड़े भोसड़ी वाले हो पटेल भाई म्यूजिक ये नाम नहीं है ब्रांड है ब्रांड और तेरी भेन बहुत बड़ी रांड समझा बंदों के करेगा अभी करन की करने अभीला तो गैसीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे आगे और भी अच्छी अच्छी लेके आता रहूंगा